दोस्तों अब तक मेरी चैनल को आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ना किया हो ये रेड बटन को दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है सब्सक्राइब एडेड हो गया अब इसके बाद बगल में जो घंटी है इसे भी दबाना है और इसे ऑल पर रख देना है ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओ दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास पेनासोनिक का बोर्ड है जिसमें टिकॉन पैनल लगती है टिकॉन के डीसी टू डी आउटपुट जो भी बन रहे हैं इसी आई से बनके ही एल केबल के थ्रू पैनल में जाते हैं पावर दिया हुआ है ओके और यहाँ इंडिकेटर लाइट की कंडीशन है नो इंडिकेटर ठीक है अभी हम सबसे पहले सप्लाई चेक कर लेते हैं इससे रिलेटेड सप्लाई में सबसे पहला आपको सप्लाई चेक करनी है जो कि हम फ्लैश आई की पिन नंबर आठ पर ही चेक कर सकते हैं यहाँ थ्री वोल्ट आप देख सकते हैं ये बन रहे हैं वन वोल्ट यहाँ आप देख सकते हैं ये कम्प्लीट है ठीक है इस कॉयल्स एल टू कोयल के आउटपुट पे ये छः पिन की आई बना रही है और यहाँ पर हमने दो सप्लाई चेक कर ली एक तो थ्री पॉइंट थ्री वन पॉइंट टू ये स्टैंड बाई सप्लाई है जो कि कंपल्सरी सप्लाई होती है प्रोसेसर को ऑन करने के लिए इसके बाद थर्ड सप्लाई होती है जो प्रोसेसर में जाती है वो है वन पॉइंट एट वोल्ट की सो यहाँ आप देख सकते हैं वन पॉइंट एट वोल्ट बन रहे हैं लेकिन डायरेक्टली बन रहे हैं जबकि यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की पोजिशन है नो no इंडिकेटर और यहाँ पर 1.8 सीधा बन रहे सो so, ये एक गलती क्या बताता है कि 1.8 पॉइंट यहाँ जो हमने 5 वोल्ट यहाँ पहले से ही आ गए जो कि स्विच के थ्रू आने चाहिए प्रोसेसर ने मिसगाइड किया और यहाँ पर वोल्टेज पहले से ही आ गए सो so, ये ये बताता है कि प्रोसेसर काम नहीं कर रहा है ये तकलीफ़ या तो प्रोसेसर की हो सकती है या फ्लैश आई में प्रोग्राम ना होने की वजह से प्रोसेसर और फ्लैश आईसी के बीच का कम्युनिकेशन बंद है ठीक है तो हम क्या करेंगे कि अभी फ्लैश आईसी को प्रोग्राम करेंगे लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोग्राम करने के लिए यहाँ वीजीए पोर्ट नहीं है इस बोर्ड में वीजीए पोर्ट नहीं है या तो हम आईसी निकालकर प्रोग्राम कर सकते हैं या वायरिंग करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आर प्रोग्रामर ठीक है इसमें वायरिंग किस तरह से की है मैं वो बता देता हूँ मैं यहाँ बोर्ड को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा वायरिंग किस तरह से की है यहाँ पर जो ब्राउन एंड ब्लैक वायर है यहाँ पर भी जो ब्राउन ये वाला वायर और ब्लैक ये मैंने कनेक्ट किया है 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई को एक तो यहाँ पर थ्री और ये ग्राउंड सो मैंने ये यहाँ पर दे दिया है ये फर्स्ट पिन जो है वो ग्राउंड की है सेकेंड आर की है थर्ड टी की है फोर्थ 3.3 पॉइंट थ्री वोल्ट स्टैंड बाई की है सो ग्राउंड आर एक्स 3.3 एक्स वोल्ट ये कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिए हैं जो कि यू का कनेक्शन जो है सर्विस पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर इस सॉकेट का, का काम ये है कि इस बोर्ड में वी जी पोर्ट नहीं है इसलिए ये सॉकेट दिया हुआ है कि प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन है ये ठीक है अब हमने क्या क्या वायर्स जोड़े हैं 3.3 वोल्ट एंड थ्री पॉइंट पर। वोल्ट so, आइए प्रोग्रामिंग खोल लेते हैं और यहां पर RT809 प्रोग्रामिंग को ऑन करते हैं जब बोर्ड में कुछ अल्ट्रेशन करो तो सबसे पहले रीड करना होता है तो यहाँ अभी जो हमने फंक्शन यूज किया हुआ है इसमें हमने पावर ऑफ किया हुआ है और स्मार्ट आइडेंटिफाई दबाएंगे आप पावर की देना मैं फिर से बता देता हूं आपको ऑटो आईएसपी और स्मार्ट आइडेंटिफाई दोनों से ही आप कर सकते हैं पहले बोर्ड को ऑफ करना है ऑटो आईएसपी दबाते ही बोर्ड को ऑन कर देना है ठीक है एक तो तरीका यह है और स्मार्ट आइडेंटिफाई से भी मैं बता देता हूँ अभी मैंने बोर्ड को ऑफ रखा हुआ है स्मार्ट आईडी दबाने का और यहाँ पर जो ये कैंसल बटन दबाने के बाद आपको बोर्ड को ऑन करना है तो यहाँ ये दोनों तरीके से आप आईसी को सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया किस तरह से ये ऑटो आई और स्मार्ट आई का बटन जो है हम ऐसे बोर्ड में जिसमे वीजीए पोर्ट नहीं होता है उसमें किस तरह से हम आई सिलेक्ट करेंगे अभी हम रीड कर लेते हैं सबसे पहला काम हमेशा कोई भी बोर्ड में एडिटिंग करने से पहले फ्लैश आईसी को एडिट करने से पहले रीड करना है ओल्ड फाइल को बैकअप लेना है ठीक है तो हम रीड बटन का यूज कर रहे हैं यहां पर स्टार्ट रीडिंग हो चुका है सो so, यहां पर अब हम डेटा जो है सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप में मैंने ऑल बिन फाइल के अंदर एक पेनासोनिक का टेम्प्री फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर हम इसे सेव करते हैं तो ये File अभी कर लिया और इसके Buffers चेक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि Buffers बता तो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बोर्ड डेड है सो हमारे पास ओके डेटा पड़े हैं सो हम क्या करेंगे ओपन करके राइट कर लेते हैं उस डेटा को एक ओके okay फाइल चाहिए होगी हमें तो ओपन बटन का यूज करेंगे और हम चले जाएंगे वहां पर जहां से हमें ये फाइल लेनी है यहां Panasonic का एक फोल्डर है उसके अंदर यहां पर आप देखेंगे चेजिस नंबर से मैंने ये सेव की हुई है फाइल ठीक है ये फाइल मैं ले, ले लेता हूं और राइट बटन का यूज कर रहा हूँ तो यहां आप देखेंगे ऑटो इरेसिंग सबसे पहला फंक्शन होता है दैट मीनस Uh, सबसे पहले जब भी आप आईसी में कुछ भी डालने जाते हैं तो पहला काम होता है इरेजिंग का इसका मतलब यह है कि आपने बैकअप नहीं लिया होगा इस समय पर तो पुरानी स्टेटस पे वापस जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो हमने इसलिए फाइल को यहाँ पर सेव कर लिया है तो यहाँ पेनासोनिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल है जो कि पुराने बैकअप के लिए है So, ये मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको आईसी बिना निकाले हम किस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे उसके ऊपर है सो so, यहां पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन हो चुका है और यहां बफर्स में एंट्री आ चुकी है ठीक है तो ये सारे सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हैं जो कि अपने अपने एड्रेस पे स्टोर हो चुके हैं ठीक है सो अभी इसे हम क्लोज कर लेते हैं और अभी बोर्ड को चेक कर लेते हैं हां आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जो है अब रेड शो कर रही है दैट मीन्स स्टैंड बाई में है अभी और स्टैंड बाय में कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं बनेंगे सिर्फ 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट स्टैंड बाई थ्री वोल्ट स्टैंड बाई ठीक है वन वोल्ट जो कि हमने पहले दिखाया था आपको और ये सभी सप्लाई जो है वो बनेगी और लेकिन वन वोल्ट अभी स्टैंड बाई में नहीं बनेंगे बिकॉज 1.8 पॉइंट वोल्ट जो है स्विच के बाद आते हैं सो so, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1.8 पॉइंट वोल्ट अभी नहीं बन रहे क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहे ठीक है अभी हम पावर ऑन कर लेते हैं यहाँ पर ये यह मैं पावर की दबा रहा हूँ तो यहाँ आप देखेंगे इंडिकेटर लाइट अप बंद हो चुकी है अभी हमें वन वोल्ट यहाँ मिल रहा है और ये सही स्टेटस है प्रोसेसर काम कर रहा है ये बता रहा है ये यह। और यहाँ पर पैनल की सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं VGHR जी यहाँ आप देख सकते हैं 28 वोल्ट VGL जो है वो -5 वोल्ट बता रहा है यहाँ पर VGH जी ऑड है ये -5 एंड 27 का यहाँ फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दिखेगा यहाँ पर ऑन एंड ऑफ हो रहा है सो ये सही है और यहाँ पर VGH जी जो है वो सेम 27 -5 का फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज ऑन ऑफ वोल्टेज बता रहा है वी जी यहाँ आप देख सकते हैं माइनस फाइव वोल्ट ओके सो ये सभी पैनल के वोल्टेज बन चुके हैं कि सभी सप्लाई यहाँ से बनके निकलती है ठीक है दैट मींस ऑड इवन की जो सप्लाई है वी जी ये सब कुछ यहाँ डी टू डी सी से बनते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ पर वी इनपुट जो है बारह वोल्ट खाली इस आई में इनपुट होता है